चंद्र देव जो चलायमान रहेंगे चंद्रमा का गोचर रहेगा धनु राशि में सूर्य देव कन्या राशि में चलायमान है तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग जो कि पांच अंकों से मिलकर के जो है बनता है अब पढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर कि हमारा राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के लिए क्या लेकर के आया है लेकिन आगे बढ़ें दर्शकों अट्ठारह और उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो हमारे दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण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 तो सिंह राशि के जात को आज कैसा दिन बीतेगा शनिवार का दिन तो आज आप खुद को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा जो है मजबूत महसूस करेंगे काफ़ी दिनों से फंसा हुआ जो पैसा था ये आपको वापस मिलेगा कोर्ट कचहरी के अंदर लंबे समय से चले आ रहे मामलों में आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है किसी बड़े कानूनी सलाहकार की मदद भी आज आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है घर के सदस्यों की सेहत के प्रति आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा खास हाँ करके आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज समाज में आपकी एक अलग पहचान बनी रहेगी आज आपका कोई रुका हुआ काल पूरा होगा मंदिर में कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग काले तिल का दान करिए और शिवलिंग पर आज आपको जल अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा